घर के अंदर जाते कहानी फिर मर्डर के चौबीस घंटे पहले आती है जहाँ पर मैक्सिन नाम की एक लड़की ड्रग ले रही थी तभी वहाँ पर मैक्सिन का बॉयफ्रेंड वेन आ जाता है और वो लोग अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन पर जा रहे थे वे मैक्सिन को चलने के लिए बुलाना आया था और उन दोनों के साथ में लॉरेन, बॉबी आरजे और जैक्सन भी जा रहे थे उनकी फिल्म का नाम था फार्मर्स डॉटर और असल में ये सभी पॉन स्टार्स थे जो कि हॉलीवुड में काम पाने के लिए इन पॉन फिल्म में काम कर रहे थे और उनको वो लोकेशन रास्ते में मिल गया था इसीलिए वे लोग वहाँ पर शूटिंग के लिए जा रहे थे अगर स्लेशन मूवी की बात की जाए और गैस स्टेशन न आए ऐसा हो ही नहीं सकता और रास्ते में वे लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं वैन और मैक्सिन वहां पर अपने जरूरत का सामान रख रहे थे और मैक्सिन बहुत ज्यादा फेमस होना चाहती थी क्योंकि उसे किसी भी तरह हॉलीवुड में जाना था भले ही वहाँ जाने का रास्ता कितना ही ज्यादा गलत क्यों न हो वैन भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी तरह से उसके हर सपने को पूरा करेगा और गैस स्टेशन के बाहर लॉरन और आरजे कुछ सीन शूट कर रहे थे आरजे असल में कैमरा था और लॉरन साउंड इंजीनियर थी और दोनों रिलेशनशिप में थे फिर गैस स्टेशन के टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था और इस प्रोग्राम का लिंक आगे भी कहानी में है तो इसे अपने दिमाग को जरूर रखिएगा फिर सभी अपनी जरूरत का सामान लेकर लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उनको ट्रैफिक जाम मिलता है क्योंकि एक ट्रक ने एक गाय को पूरी तरीके से कुचल दिया था जिसे देख मैक्सीन की हालत खराब हो गई थी उससे इन सबसे बहुत घिन आ रही थी और उस गाय के मास्क के ऊपर वे लोग अपनी कार को चला आगे ले जाते हैं और वहाँ पर उस जगह का ऑफिसर मिचल भी मौजूद था सीन कट होता है और फाइनली वे सभी अपने लोकेशन पर आ गए थे और ये वही घर था जो कि फिल्म के पहले वाले सीन में दिखाया गया था जहाँ पर मर्डर्स हुए थे वेन कार से उतरकर घर के ओनर हॉवर्ड को आवाज़ लगाता है और वेन ने उस लोकेशन के लिए हॉवर्ड से पहले ही फोन पर परमिशन ले लिया था लेकिन फिर भी हॉवर्ड गन लेकर घर के बाहर आता है कार से मैगस भी ये सब देख रही थी और वो इस बारे में बाकी को बताती है लेकिन बॉबी और जैक्सन तो कार में ही रोमांस करने में लगे हुए थे पर वो समझ जाते हैं कि मामला कुछ सीरियस है तो वे लोग भी वैन की गन निकाल लेते हैं फिर इधर वेन के ठीक से समझाने के बाद में हॉवर्ड को याद आता है कि उसी ने उन्हें वहाँ पर शूटिंग की परमिशन दी है और तब जाकर वेन बाकी सबको कार से बुलाता है मैक्सी ने नोटिस करती है कि खिड़की से उसे कोई एक बुरी औरत खूर रही है उसे ये थोड़ा अजीब लगता है और हॉवर्ड उन सभी को उनके घर से थोड़ी दूर बने एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज देता है हॉवर्ड उन सबसे थोड़ा नाराज था क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वेन अपने साथ में और भी लोगों को लेकर आने वाला है लेकिन वेन के और पैसे देने पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हॉवर्ड मैक्सिन को अजीब तरीके से देख रहा था लेकिन हॉवर्ड के जाने के बाद में वेन उसे समझाता है कि बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं और मेन बात यह है कि हॉवर्ड को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे लोग यहाँ पर एक पॉन मूवी शूट करने वाले हैं लेकिन वैन को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता हॉवर्ड के जाने के बाद में वे लोग अपने काम पर लग जाते हैं जहाँ पर मूवी का फर्स्ट सीन जैक्सन और बॉबी शूट कर रहे थे इसीलिए मैक्सिन आसपास ही घूमने चली जाती है वो जाकर एक लेक में पहुँचती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कोई मैक्सिन को छुप कर देख रहा है मैक्सिन देखती है की आस कोई नहीं है तो अपने पूरे कपड़े उतार कर स्विमिंग करने लगती है लेकिन मैक्सिन को इस बात की जरा सी भी बनक नहीं थी कि उस लेक में एक बड़ा सा क्रोकोडाइल उसके आस घूम रहा है वो बड़ा सा क्रोकोडाइल मैक्सिन को पकड़ लेता लेकिन वो समय रहते हैं, उस लेक से बाहर आ गई थी और स्विमिंग करके वो अपनी जगह वापस जा रही थी और तभी हावर्ड की बूढ़ी वाइफ पर्ल उसे अपने घर पर इनवाइट करती है मैक्सिन भी उसके बुलाने पर घर के अंदर चली जाती है पर्ल का घर अंदर से बहुत ज्यादा गंदा था और खाने की प्लेट तक कई दिनों से वैसी की वैसी पड़ी थी जैसे कि पल और हावर्ड घर का कोई ख्याल रखते ही नहीं हो पर्ल मैक्सिन को लेमोनेट पीने के लिए देती है और इधर हम देखते हैं कि बॉबी और जैक्सिन भी अपनी मूवी का सीन शूट कर रहे थे यहाँ पर पर्ल बस मैक्सिन को ही घूर जा रही थी और मैक्सिन को काम था तो वापस जाने की बात करती है तभी पर्ल उसे दरवाजे की तरफ लाती है और उसे अपने पुराने फोटोज दिखाती है पर्ल उसे बताती है कि वो अपनी जवानी में बिल्कुल मैक्सिन की तरह दिखाई देती थी यहाँ पर हमें पता चलता है कि शादी के बाद में हावर्ड आर्मी में चला गया था उसने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय आर्मी में ही बिताया और वो घर से दूर रहा यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी पल को अकेले घर पर छोड़कर रहता था और इसीलिए उसकी पूरी जवानी ऐसे ही निकल गई यहाँ तक कि उसे बच्चा भी नहीं हुआ और इसीलिए वो अकेली पढ़ गई है उसने कभी भी अपने हस्बैंड के साथ में घूमना फिरना सेक्शुअल फीलिंग शेयर करना और ये सब उसे कभी मिला ही नहीं पल मैक्सिन को समझाती है कि ये जवानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और खूबसूरत है इसी समय में हम अपने सारी डिजायर्स पूरी करते हैं और तभी पल मैक्सिन को अजीब तरीके से घूरती है जो कि मैक्सिन को भी अच्छा नहीं लगता है और उसी समय हावर्ट घर पर आ गया था पल मैक्सिन को चुपके से पीछे के डोर से चले जाने को कहती है और उसे याद दिलाती है कि ये हमारा सिगरेट रहेगा लेकिन मैक्सिन को तो समझ नहीं आया था कि कौन सा सिगरेट फिर वो हावर्ट से छुपते छुपते अपने रूम की तरफ जाने लगती है और वहन उसे हर तरफ ढूंढ रहा था क्योंकि अब उसका सीन था मैक्सिन के, के लिए निकल जाती है और इधर हॉवर्ड समझ जाता है की घर पर कोई आया था क्यूँकी टेबल पर दो लेमोनेट के ग्लास पड़े हुए थे पर्ल के रूम में हम कई सारे डॉल्स को भी देख पाते हैं और पर्ल यहाँ पर टूटे फूटे पुराने मेकअप बॉक्स से मैक्सिन जैसा ही मेकअप कर रही थी और जब मैक्सिन कर रही थी तो पल उसे पीछे से आकर देख लेती है और वो वहां पर मैक्सिन की जगह खुद को इमेजिन कर रही थी और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पल के कौन से डिजायर पूरे नहीं हुए हैं। रात को पल रेडी होकर हॉवर्ड के पास आती है लेकिन हॉवर्ड उसके साथ में इंटीमेट होना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक हार्ट का पेशेंट था और पल फिर भी उसे सेड्यूस कर रही थी तो इसीलिए वो पल को धकेलकर अपने रूम में चला जाता है। है सीन कट होता है और रात के समय फिल्म के सभी लोग बातें कर रहे थे और बातों के बीच में मैक्सिन लॉरेन की बेइज्जती करती है क्योंकि वो हर समय उसे घूरा करती थी यहाँ पर लॉरेन कहती है कि उसे भी उनके साथ बनना है इसीलिए वो उनको देखती रहती है लॉरन भी अब फिल्मों में काम करना चाहती थी लेकिन आरजे ये नहीं चाहता था कि लॉरें इस टाइप की मूवी में काम करे लेकिन उससे परमिशन नहीं मांग रही थी उसकी तो ये बस जिद बन चुकी थी कि वो इस मूवी में काम करे वेन और आरजे बाहर आकर बातें करते हैं और आरजे नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड इस टाइप की मूवीज में काम करे और इन सब के चलते अगर उसे कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा वेन उसे समझाता है की जैक्सन एक प्रोफेशनल है और उसे कोई भी बीमारी नहीं है और अगर वो इस फिल्म में लॉरेन को काम करने से रोक भी लेगा तो वो जाकर किसी और की फिल्म में काम कर लेगी आरजे उसे कहता है कि लॉरेन अच्छी लड़की है और तब वैन कहता है कि वहाँ पर रहने वाली कोई भी लड़की अच्छी नहीं है मतलब कि वेन भी मैगसिन से कोई प्यार नहीं करता था वो बस अपनी फिल्म के लिए उसका फ़ायदा उठा रहा था फिर आरजे के प्यार को भूल कर लॉरन फिल्म में काम कर लेती है और शूटिंग के बाद में आरजे बहुत ज़्यादा रोता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन उसी के सामने ये सब काम करने लगेगी लेकिन लॉरेन को आरजे की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो बस अपने गले का क्रॉस उतारकर अपने काम में लग गई थी उसे एक सिंपल सी लड़की नहीं बने रहना था उसे भी बॉबी और मैक्सिन की तरह अपने मन का मालिक बनना था आरजे डिसाइड कर लेता है कि वो अब यहाँ पर इन सब साथ नहीं रहेगा तो आरजे कार की चाबी लेकर कार की तरफ जाता है वो कार में वहां से जाने लगता है। लेकिन पल तो आरजे को सीड्यूज करने लगती है आरजे पल को खुद से दूर करता है और ये बात पल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो आरजे के गले में चाकू घुसा देती है आरजे वही पर गिर जाता है और तड़प रहा था और पल उसके पास आकर उसका गले में इतनी बार चाकू से वार करती है कि आरजे का गला उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और पूरी जगह खून सा सन जाती है फिर पर्ल अपनी सारी भड़ास आरजे पर निकाल रही थी और उसका मर्डर करने के बाद में पर्ल वहीं पर, वही पर डांस भी करने लगती है और फिर पर्ल कार की चाबी अपने पास रख लेती है अब फिर कुछ देर के बाद में लॉरिन की जब आंखें खुलती है तो आरजे उसके पास में नहीं था वो बाहर जाती है यह देखने के लिए कि आरजे कहाँ पर है लेकिन आरजे उसे नहीं दिखाई देता है तभी वहां पर वेन आता है और वेन को सब कुछ बता कर दोनों आरजे को ढूंढने जाते हैं लॉरेन को ऐसा लग रहा था कि उसके पॉन फिल्म में काम करने की वजह से आरजे उसे छोड़कर चला गया है और अब फिर वेन फार्म में आरजे को ढूंढने जाता है लॉरेन भी फार्म तक जा ही रही थी लेकिन हॉवर्ड के घर का लाइट जलता हुआ दिख वो रुक जाती है और तभी हॉवर्ड घर के बाहर आता है लॉरिन उससे आरजे के बारे में पूछती है लेकिन हॉवर्ड उससे पर्ल के बारे में पूछ रहा था इस तरफ फार्म के एक वेयरहाउस में वैन के पैर में एक किल घुस जाती है जो कि उसके पैर के आरपार हो गई थी और वैन किसी तरह उस किल को अपने पैर से निकालता है उसे बहुत दर्द हो रहा था और तभी वैन को किसी के पास होने का एहसास होता है वैन को ऐसा लग रहा था कि वो शायद आरजे हैं और वो डोर के हल से बाहर देखने लगता है तभी कोई दीवार की दूसरी तरफ से उसकी आँख में खिल घुसा देता है और दूसरी तरफ हार्वर्ड लॉरेंस से मदद मांगता है ताकि वह पल को ढूंढने में उसकी हेल्प करें हॉर्वर्ड लॉरेन को बेसमेंट में भेज देता है कुछ चीज लाने के लिए इधर हम देख पाते हैं कि वेन को पल नहीं मारा है पल वेन के डेड बॉडी के पास आकर उस पर एक और बार वार करती है और फिर उसकी बॉडी को घास से ढककर छुपा देती है इधर लॉरेन को बेसमेंट में टॉर्च मिल जाती है लेकिन जब बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश करती है तो वहाँ का डोर बंद था और वो हॉवर्ड को आवाज लगाती है मदद के लिए लेकिन हॉर्वर्ड ने ही उस डोर को बाहर से लॉक करके रखा हुआ था तभी लॉरेन को वहां पर किसी आदमी की सड़ी गली नेकेट लाश दिखाई देती है जिसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मारा गया था और लॉरेन ये देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है यहां पर जैक्सन के जब आंखें खुलती है तो उसे अपने रूम के डोर खुली हुई मिलती है और वो किचन में जाता है कुछ पीने के लिए तभी उसे घर के बाहर हॉवर्ड नजर आता है वो बाहर आकर हॉवर्ड को उसकी परेशानी का कारण पूछता है और हॉवर्ड उसे बताता है कि उसकी पत्नी मिसिंग है तो जैक्सन हॉवर्ड के साथ में निकल जाता है यहाँ पर बॉबी उस समय सो रही थी तो उसे कुछ पता नहीं चलता है और पल यहाँ पर मैक्सिन के रूम में आकर उसके शरीर को देख रही थी फिर पल यहाँ पर कपड़े उतारकर कर मैक्सिन के पास में सो जाती है मैक्सिन गहरी नींद में थी तो उसे कुछ पता नहीं चलता है और इधर जैक्सन और हॉवर्ड पल को ढूंढने के लिए लेक के पास आ गए थे, थे। हॉवर्ड उसे कहता है कि लेक पर बहुत सारे क्रोकोडाइल है लेकिन जैक्सन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो पहले यूएस मरीन में था जैक्सन दूसरी तरफ निकल जाता है पल को ढूंढने के लिए और जैक्सन को लेक में किसी के कारण डूबी हुई मिलती है और शायद यह कार बेसमेंट में मिली उसी डेड बॉडी की होगी जैक्सन लेक के दूसरी तरफ चला जाता है लेकिन उसे हावड नज़र नहीं आ रहा था तभी उसे पानी में हॉवड की टॉर्च नजर आती है जैक्सन को लगता है कि हॉवर्ड पानी में गिर गया होगा और पानी में वो हावट को ढूँढने लगता है लेकिन उसे हावड नहीं मिलता है तो वो पानी के ऊपर आ जाता है तभी वहां पर हावर्ड उसे नजर आता है और हावर्ड जैक्सन से कहता है कि पल मुझसे जो चाहती है मैं वो उसे कभी नहीं दे सकता लेकिन तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर आकर उसकी डिजायर को फिर से जगा देते हैं यह कहने के बाद में हावर्ड जैक्सन को गोली मारकर मार डालता है इधर पल अपने खून में सने हाथों से मैक्सिन को अजीब तरीके से छू रही थी और मैक्सिन की जब आंखें खुदती है तो वो अपने पास में पल को देखती है जिसे देख वो चिल्ला देती है और उस आवाज से बॉबी की नींद खुलती है और वो मैक्सिन के रूम में जाती है जहाँ पर पल बिना कपड़ों के भाग रही थी पल को ऐसे देखकर बॉबी शॉकड हो गई थी और इस तरफ लॉरेन एक कुलाड़ी से डोर को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी लॉरेन अपना हाथ बाहर निकालकर हुक खोलने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर हॉवर्ड आकर गन से कई बार शूट करके लॉरिन की उंगलियाँ उखाड़ देता है और वो जाकर टीवी पर वही प्रोग्राम देखने लगता है लॉरिन यहाँ पर दर्द से चिल्ला रही थी और इस तरफ मैक्सिन खुद को शांत करने के लिए ड्रग्स लेती है और बॉबी जैक्सन को ढूंढने जाती है उसे लेक के पास में पल खड़ी दिखाई देती है जो कि नकेटी। बॉबी अपने कपड़ों से उसे ढक देती है लेकिन पल उसे एक थप्पड़ मारती है जिसके जवाब में बॉबी उसे कह देती है कि उसकी खुद की गलती है जो कि उसने जवानी को कभी एंजॉय नहीं किया बल्कि बर्बाद कर दिया और वो तो उसके साथ में अच्छे से बिहेव कर रही थी बॉबी उसे रास्ते से हटने को कहती है लेकिन पल बॉबी को पानी में धकेल लेती है और क्रोकोडाइल आकर बॉबी को खा जाता है और हॉवर्ड भी वहाँ पर आकर ये सब देख लेता है और पल को वो अपने साथ में अपने घर में ले जाता है यहाँ पर मैक्सिन अपने आप को साफ कर रही थी और उसे बहुत घिन आ रही थी जो भी पल ने उसके साथ में किया है मैक्सीन को घर पर कोई नहीं दिखता है वो बाहर पल और हॉवर्ड को देखकर कर हो जाती है क्योंकि पल के पास में बॉबी का कपड़ा था यहाँ पर रूम के अंदर हॉवर्ड पल की तारीफ करके उसको कम्फर्ट कर रहा था और पल हॉवर्ड का सीड्यूज करने लगती है वर्ड उससे पूछता है कि क्या उसका दिल ये झेल पाएगा जिस पर पल उसे हाँ कहती है और दोनों फिर एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने लगते हैं मैक्सिन यहाँ पर उनसे बचने के लिए उनके बेड के नीचे छुपी हुई थी और मौका देखकर वो वहां से भागकर कार की तरफ जाती है और वहां पर उसे आरजे की लाश नजर आती है और उसे लॉरियन के चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती है वो गन लेकर उसे बचाना जाती है और बेसमेंट का डोर खोल वो लॉरियन को बाहर निकालती है लेकिन वो उल्टा मैक्सिन पर ही गुस्सा निकाल रही थी मैक्सिन के रोकने पर भी वो घर से बाहर भागती है और तभी उसे हॉवर्ड गोली मार देता है और ये देखकर मैक्सिन छुप जाती है हॉवर्ड लॉरेन की बॉडी को घर के अंदर लाने लगता है और तभी अचानक लॉरेन का सर हिलता है और डर के मारे हॉवर्ट को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे की कुछ ही समय में वो वही पर मारा गया था इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्सिन ग लेकर बाहर आती है और कार की छाबी मांगती है फिर पल हॉवर्ड के लिए उससे मदद मांग रही थी लेकिन कुछ ही देर पहले उसने उसके सारे फ्रेंड को मार दिया था तो मदद का तो सवाल ही पूरा नहीं होता पल उसे चाबी का पता दे देती है और मैक्सिन चाबी को उठाती है और पल से कहती है कि वो बाहर जाकर सबको बता देगी जो भी उसने और उसके पति ने जुर्म किए हैं यहाँ पर पल भी उसे कहती है कि उसे पता है कि वो कौन है और उसने क्या पाप किए हैं जिसके जवाब में मैक्सीन का कहना था कि उसने पाप किया भी है तो क्या हुआ एक दिन पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी और यह कहकर मैक्सीन पल के ऊपर गोली चलाती है लेकिन उस गन में गोलियाँ नहीं थी और तभी पल गन उठाकर मैक्सीन पर गोली चलाती है मैक्सीन को तो कुछ नहीं होता है लेकिन पल गोली की फोर्स से दूर गिर जाती है और उसकी कमर टूट जाती है वो मैक्सीन से मदद मांगती है लेकिन मैक्सीन पल के सर को कार से कुचल देती है और कहती है कि ये हमारा सिक्रेट रहेगा और फिर मैक्सीन वहां से कार लेकर चली जाती है अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है जहां पर हॉवर्ट के घर में मर्डर सीन था और अभी भी टीवी की बेटी थी जो की गलत रास्ता चुनने के लिए घर से भाग गयी थी लेकिन उसके फादर को यकीन है कि वो एक दिन घर वापस आएगी पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था की कि किसने किस को मारा और क्यों मारा तभी शेरीफ डेंटलर ऑफिसर मिशेल को आर्जी का कैमरा देते है जिससे कि उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा जो भी यहां पर चल रहा था दोस्तों यह फिल्म नाइनटीन सेवेंटी नाइन पर बेस्ड है एक तरफ पल होती है